ढिंडोरी में किसानों से धान पास करने के एवज में रिश्वत की मांग करने वाले अधिकारियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच बेहद परेशान थे और इन्हें मजबूरी में डिंडोरी धान उपार्जन केंद्र के दो सर्वियरों के खिलाफ एफ दर्ज की गई है कृषक कन्हैया कुशराम परसेल और ज्ञान सिंह करंजिया की शिकायत आरोप कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश आरोप खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शेख शमीम ने धान उपार्जन केंद्र परसेल के सर्वेयर राजकुमार वर्मा तथा धान उपार्जन केंद्र करंजिया के सर्वेयर विपिन सिंह पट्टा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है ये कृषकों से धान पास करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं